नमस्कार दोस्तों मैं आज आपके लिए एक शानदार चीज़ ले आया हूँ यदि आपका मोबाइल स्लो चल रहा है हैंग हो रहा है ऐप खुलते खुलते बंद हो जा रहे हैं या ऐसी कोई समस्या है या थोड़ा सा ही समस्या स्लो चल रहा है तो मैं आपको एक विशेष जानकारी देता हूँ आपको समय समय पर यह सेटिंग कर देनी चाहिए तो चलिए चलते हैं अपने बिना टाइम वेस्ट के अपनी सेटिंग पर सबसे पहले हम सेटिंग पर जाएंगे सेटिंग को ओपन करेंगे सेटिंग के ओपन करने के बाद यहाँ पर ऐप्स ऐप्स लिखेंगे फ़ोन ऐप्स पे क्लिक करेंगे या सिंपली नीचे स्क्रॉल करते हुए इसके नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और यहाँ पर आपको ऐप आप दिख रहा होगा ऐप पर क्लिक करेंगे ऐप खुल खुलने के बाद थोड़ा टाइम लेगा उसके बाद खुल जाएगा हर एक ऐप दिखने लगेगा मान ली यहाँ पर क्रोम है क्रोम चलते चलते रुक जाता है या बंद हो जाता है क्रोम पर जाएँगे और यहाँ पर इस्टोरेज यहाँ कम्प्यूटिंग कर रहा है यहाँ पर देखिए कंप्यूटिंग लिखा है स्टोरेज पर यहाँ पर स्टोरेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैनेज स्पेस क्लियर चाचे क्लियर सी ए सी एच ई पर क्लिक करेंगे यहाँ पर चार एमबी फ्री में फर्जी हैं इसको क्लियर चाचे कर देंगे तो इससे आपका जो चाचे हो गए वो क्लियर हो जाएगा और आपका एप्स कायदे से कार्य करने लगेगा हर आपको यही कर देंगे डाउनलोड में जाके डाउनलोड में ताकि इससे क्या होगा आपकी इंटरनल फाइल नहीं जाएंगी आपकी ज़रूरी फ़ाइल नहीं जाएंगी लेकिन कैश होता है जो बेकार की रद्दी जो रनिंग बैकग्राउंड में रनिंग करते वक्त तो हिस्ट्री कलेक्ट कर लेता है या बेकार की चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं वो इससे रिमूव हो जाएंगी आप क्लियर चाचे करते जाइए या हर ऐप ओपन करते मान लिया डब ऑन है ये वॉयस रिकॉर्डर है इसका जो है क्लियर चाचे कर देते हैं और इसके साथ ही मान लिया कि मेरे पास जो है गूगल प्ले स्टोर है यहां पे आपको सारी सेटिंग बता देता हूं स्टोरेज में स्टोरेज में जाके यहां पर क्लियर डाटा कर देंगे तो यहां साइन इन जो साइन इन ऑफ हो जाएगा और सा, सारा डाटा जो ख़त्म हो जाएगा आपकी साइन इन वगैरह हिस्ट्री वगैरह ख़त्म हो जाएगी और परमिशन ये ऐप क्या क्या, क्या परमिशन लिए हैं तो ये ऐप कॉन्टेक्ट को देखिए परमिशन नहीं लिए है मैंने अगर इसको ओपन कर दूंगा ये कांटेक्ट तो का परमिशन नहीं लेगा लोकेशन इसको परमिशन देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं मैं इसको नहीं देना ये फ़ोन कॉल कर सकते हैं ये ऐप प्ले स्टोर वाले फ़ोन कॉल कर सकता है परमिशन है इसको एस की भी परमीशन है इसको यानी कि कोई भी ओ टी आएगी तो गूगल प्ले स्टोर ले सकता है और मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं जो अगली वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप मान ली बहुत से ऐप होते हैं जो आपकी ओ चुरा लेते हैं जैसे कि तो ये वही सेटिंग होती यहां पर है यहाँ पर ऐप परमिशन में देखिए इसको एस की परमिशन मिली हुई थी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऐप एस की परमिशन किन किन ऐप को दें जो आपके लिए भरोसेमंद रहेंगे थैंक यू सो मच और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक और शेयर कीजिए